पे चले मगेरे पग पानी गिरे ठंडा मीठा हवा चल लहर लो से पानी गिरे पानी गिरे ठंडा मीठा हवा च सी भैया बहन भरिया वाई सूचना दे सित पानी